हे गाय नमस्कार आप लोगों का टॉपलाइन क्लासेस के प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा बारह की भौतिक विज्ञान की और आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन अर्थात हम लोग आज पढ़ेंगे आज की क्लास में अपवर्तन साथ साथ में अपवर्तन के नियम और कुछ टॉपिकों का अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आएंगे तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज की सबसे पहली टॉपिक है प्रकाश का पोर्टन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसको समझाने के लिए हमने पहले से ही कुछ चीजें बना लिया है जिससे कि टाइम की बचत हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अब समझ समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पोर्तन क्या होता है बच्चों आप ए, ये एक चीज बताई गई है कि जब जो प्रकाश होता है उसका माध्यम बदलता है माध्यम बदलने पे प्रकाश की चाल क्या हो जाती है बदल जाती है माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या होती है बदल जाती है जब प्रकाश की चाल बदल जाती है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है अपने मार्ग से हट जाता है तो इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं जैसे क्या होता है कि ये मान लिया जाए ये प्रकाश है ये एक अभी यहां मेरा हाथ है समझिए से लेके तक एक माध्यम है, तो तो तो तो तो है, है। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यह घटना प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है आप समझिए जरा सा आइए हम यहां देखते हैं चित्र के माध्यम से क्या बताया गया अब देखिए माध्यम कौन है दो माध्यम एक बिरल से सघन में प्रवेश करेगी और एक सघन से बिरल में प्रवेश करेगी तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बिरल से सघन में जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तो उनकी चर्चा करेंगे देखिए ये मान लेते हैं जो पी ओ है ये आपतित किरण है P इसका आपतित किरण है और O और P डैश अपवर्तित किरण है अब होती क्या है देखिए जब कोई प्रकाश किरण विरल से चलकर सघन में प्रवेश करती है विरल से चलकर सघन में प्रवेश करती है तो वो उसका वास्तविक मार्ग ये है उसका वास्तविक मार्ग ये है परंतु तो ये इस मार्ग को अपना नहीं अपनाती वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अविलंब की ओर झुकते हुए बाहर की तरफ चलने लगती है तो यह घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है इसको हम समझने के लिए यहां पर प्यारे बच्चों काफी चीजें लिख दी गई हैं। हो सकता है आपको न समझ में आ रहा होगा यहां हम समझते हैं कि ये देखिएगा ये बाहर से मान लेते हैं ये वाला माध्यम बिरल है और ये माध्यम क्या है सघन है अब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरणें जब तक एक माध्यम में चलती रहती हैं, तब तक प्रकाश की चाल नहीं बदलती और ना तो प्रकाश के पथ पे किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है अब आपको क्या लग रहा कि ये वायु मान लेते हैं बिरल आपका वायु है और सघन क्या है आपका कांच है अब जब ये वायु से कांच में जा रही हैं तो आपको क्या लग रहा है प्यारे बच्चों अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये यार प्रकाश किरण तो ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए ऐसे ही जाने चाहिए परंतु ये ऐसे सीधे न जाते हुए ये अविलंब की ओर एक इस पे एक खींच देंगे तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएंगे झुक जाएंगी तो यह घटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है अर्थात जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है यहां से हम ये एक चीज बता सकते हैं कि जब प्रकाश किरण बिरल से सघन में जाएंगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है जब प्रकाशकिरण बिरल से सघन में यानी वायु से कांच में प्रवेश करती है तो हमेशा वो अभिलंब की ओर झुक जाती है क्या ये बात क्लियर हो रही है आइए हम बात करते हैं सघन से बिरल की बात करते हैं जब प्रकाश किरणें यही कांच में से वायु में जाने लगती है कांच से वायु में जाने लगती है तो आप देखिए ये आने वाली प्रकाश किरणें हैं, जैसे ही कांच में प्रवेश और वायु में प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश की चाल बदलने के कारण ये अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है ये देखिए जाना इनको इस वाले मार्ग चाहिए था परंतु ये अभिलंब से क्या हो गई दूर हट गई तो यह घटना रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए हमने क्या बताया भैया? प्रकाश का क्या होता? कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है यानी वायु में से जल में या जल से वायु में या जल से कांच में या कांच से जल में किसी भी एक माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात वह अपने पथ से वह अपने मार्ग से विचलित तो हो जाता है यह घटना रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है क्या आप संतुष्ट हुए पहले बच्चों चलिए अब आपको प्रकाश का अपवर्तन स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा पहले बच्चों आप वहां से नोट कर सकते हैं प्रकाश के पोर्तन की परिभाषा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटे हैं आइए हम उनको समझ लेते हैं वो देखिए वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों ये देखिए आपने अभी नोटिस किया कि जब प्रकाश के लिए बिरल से सघन में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं और जब सघन से बिरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है दूर हट जाती है तो ये पॉइंटें हम लोग नोट कर देते हैं तो गाइज क्या लिखा गया जब प्रकाश किरणे बिरल से सघन में प्रवेश करती है यहां चित्र में आपको दिखाई पड़ा है कि बिरल में से चलकर सघन सघन में प्रवेश कर रही हैं, तो सघन में प्रवेश करने के पश्चात ये अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है झुक जा रही है अभिलंब की ओर क्या हो जाती है झुक जाती हैं। और दूसरे चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जब प्रकाश किरणें सघन से बिरल में सघन से बिरल में करती है प्यारे बच्चों ये रहा है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इन सब जो चीजें लिखी गई है ये सब सारे जो पद लिखे गए हैं इन सबकी परिभाषा हम लोग समझते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पहला परिभाषा हम समझेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं चाहे आप इस वाले माध्यम में ले लीजिए चाहे आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर ये यह देखिए अब आपत्तित किरण क्या होता है क्या बच्चों पहले माध्यम में चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं चाहे पहला माध्यम बिरल हो चाहे पहला माध्यम सघन हो उससे फर्क नहीं पड़ता पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरण कहलाती है आपतित किरण पीओ के द्वारा आपको चित्र में दिखाई दिया है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप समझिएगा कि भैया पहले माध्यम में जो प्रकाश किरणें चलती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं जिसे हम ओपी डैश से व्यक्त कर रहे हैं दोनों चित्रों में आप देख हैं से व्यक्त किया गया है है तो अपवर्तित किरण क्या होता है? दूसरे माध्यम ठीक बात समझे आपतर अपन आप समझ गए अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बिंदु है जो आपको से दिखाई पड़ रहा है दोनों चित्रों में एक बिंदु ओ है उसे हम आपतन बिंदु का नाम दे रहे हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं अब आपतन बिंदु क्या होता है पहले बच्चों ये ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ अब कहेंगे कौन सा अपवर्तक ये वाला ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ क्या कहलाता है अपवर्तक पृष्ठ हम कह दें पृथक कार्य पृष्ठ पृथक कार्य पृष्ठ क्यों कहेंगे क्योंकि ये बिरल और सघन को क्या करना है अलग किया है यही पृष्ठ बिरल और सघन को क्या किया है अलग किया है तो हम इसको चाहो तो अपवर्तक पृष्ठ लिख लीजिए चाहे तो इसे लिख लीजिए पृथक कार्य क्या पृथक कार्य पृथक कार्य पृष्ठ अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों पृथक पृष्ठ क्या कह रहा है आपसे देखो पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण, आपतित किरण बिंदु कहलाता है, बिंदु बिंदु है अब प्रश्न उठता है कि क्या होता है पहले बच्चों वह पृष्ठ जो दो माध्यम को अलग करता है एक विरल में एक सघन में बस समझ रहे तो एक बार फिर से आप क्लियर कीजिए आपतित किरण PO, आपतित किरण पीओ पृथकारी पृष्ठ के जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी उसी बिंदु को आपतन बिंदु का नाम देंगे जैसे ये प्रकाश हो गया ऐसे चलते चलते चलते अगर यहां पर आके गिर रहा है तो ये वाला बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा बात समझ आएगा अब अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों आपतन बिंदु जान गए आपतन बिंदु क्या है ओ से व्यक्त कर रहे हैं हम लोग इस चित्र में और आपतन बिंदु क्या है यहां पर भी जरा सा समझ लेते हैं आपतित ओ, हम लोग आपतन बिंदु का नाम देते हैं इतना समझ में आकार बच्चों अब हम समझते हैं अभिलंब क्या अभिलंब क्या होता है गाइज आइए देख लेते हैं अभिलंब आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा अभिलंब को हम एन दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं ओ एन या एन डैश भी दिखा रहे हैं देखिए या ओ एन डैस दोनों आपके अभिलंब है प्यारे बच्चों अब यहां अभिलंब की डिफिनेशन क्या है आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पे खींचा गया जो लंब है आपतन बिंदु पे जो खींचा गया ये लंब है यही लंब क्या कहलाता जाता है अभिलंब कहलाता है यानी आपतन बिंदु पे खींची गई एक सीधी रेखा ही हम अभिलंब के नाम से जानते हैं क्या इतनी बातें क्लियर हुई अभिलंब चित्र में आपको ओयन और ओयन डैस से दिखाई पड़ रहे हैं अब हम समझते हैं जो रेड मार्कर से लिखे गए हैं ये चीजें आपतन कोण किसे कहते हैं दोनों चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपतन कोड़ यहां पर है और आपतन को समझने के लिए क्या बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए ये आपतित किरण है ये अभिलंब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना होता है, उसे हम आपतन कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं क्या मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब आपतित किरण पीओ अभिलंब एनओ के बीच बना जो होता है, वो कोड़ आपतन कोड़ कहलाता है इसे हम इस्मा आई से व्यक्त करते हैं क्या इतनी बातें समझना ही अब हम अगली डिफिनीशन देखें तो यहां भी वही चीज बता रहा है आपतित किरण और आप अभिलंब के बीच बना आपतन कहलाता है जिसे हम I यानी I से व्यक्त करते हैं अब लास्ट डिफिनिशन बचता है प्यारे बच्चों अपवर्तन कोर कौन सी डिफिनीशन अपवर्तन कोर वो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है प्यार बच्चों अब देखिए अपवर्तन कोर क्या होता है अभिलंब और अपवर्तित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना जो कोण कोण होता है, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए अभिलंब हो गई ये हो गई अपवर्तित इन्हीं दोनों के बीच जो कोण बना है इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं इसे हम लोग R से व्यक्त करते हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा हो उसे अपवर्तन कोड कहेंगे इसे हम इस्ल आर से व्यक्त करेंगे पहले बच्चों तो सारी जो जितने पद इसमें थे सभी पदों का परिभाषा आपको बता दिया गया है अब आगे की क्लास में कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा इसी साथ साथ अगर हम समझना चाहते हैं तो अपवर्तन के नियम को समझ लेते हैं पहले बच्चों किसको अपवर्तन के नियम को जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम थे उसी प्रकार अपवर्तन के भी प्यारे बच्चों दो नियम है आइए हम उन दोनों नियमों को समझते हैं। उसके लिए हम इसको ये नीचे की और जो डिफिनेशन है वो आपको प्यारे बच्चों यहां पर स्क्रीन पेज पे लिख के दिखाई पड़ रहा होगा आप पहले समझिए फिर उसके बाद डिफिनेशन को मैचिंग कराइएगा देखिए ये जो आपतित किरण है देख पा रहे हैं आपतित किरण PO और अपवर्तित किरण ओ और खींचा गया अभिलंब ये तीनों जो है तीनों एक प्लेन में स्थित हैं, एक समतल में स्थित है इसे ही अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं एक बार फिर से देखो अब समतल का मतलब पहले ये सारी जो चीजें ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही हो रही ऐसे हम मान लें ऐसे ये प्लेन है सारी चीजें इसी में हो जाएंगी इसी में समतल में तो ये तल और समतल का अंतर तल का मतलब होता है कि एक ही ओर होता है और समतल मतलब भैया दो दो समतल का मतलब जो आपके है प्रथम तल और दोनों और तल मिला के समतल है केवल एक भाग होता है परावर्तन में सारी चीजें एक ही ओर होती थी अपवर्तन में दोनों मिला के हो रहा तो उसे हम लोग समतल कहते हैं तो ये होता है प्यार देखिए आपतित किरण ओपी अपवर्तित किरण ओपी तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं यही है प्रथम नियम प्यारे बच्चों का अब आपको स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा था आप वहां से अपवर्तन के प्रथम नियम को लिख लीजिएगा अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम की किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों द्वितीय नियम की सेकेंड लॉ की द्वितीय नियम आपसे क्या कह रहा ध्यान से देखिएगा द्वितीय नियम क्या है कि यहां पर आपको दिखाई पड़ आपतन कोण i यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा अपवर्तन कोण r तो द्वितीय नियम कहता है आपतन कोण आप कोण i आपतन i की जा कोण i की जा जा का मतलब होता है पहले बच्चों साइन जा का मतलब होता है साइन तथा अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण अब अपवर्तन कोण कौन है इसमें r है आर की जा आर की जा जा मतलब होता है साइन आप जान रहे हैं अब का अनुपात का अनुपात एक नियतांक होता है यानी ये बदलने वाले नहीं होते इस यही है अपवर्तन का द्वितीय नियम अब आपतन कोण आई की जा मतलब साइन आई बटे अपवर्तन कोण आर की जा मतलब साइन आर बराबर नियतांक यही है अपवर्तन का नियम प्यारे बच्चों ये देखिए जो है वहां अपर्तनाक होता है क्या होता है माध्यम का अपवर्तनाक होता है अभी हम आगे समझने वाले हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है क्या बच्चों उससे पहले आप देख लीजिए आपतन कोण आई की जा मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोल आर की जा मतलब साइन आर दोनों का अनुपात दोनों का रेशियो एक नियतांक होता है यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है बच्चों। क्या कहते हैं कहते हैं इसे स्नेल इस के नियम से भी जानते हैं स्नैल का यही नियम है प्यार बच्चों आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा अब हम टॉपिक को चेंज करने वाले हैं तब इसको मूव कर लेते हैं आइए हम समझते हैं प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत उत्कर्मणता जो ये शब्द है आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सुना होगा कि वहां पर प्यारे बच्चों आपको बताई जाती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिससे हम लोग कुछ बना रहे हैं फिर उसको उसी पुनः जिस अवस्था से ले गए हैं उसी अवस्था में ला दे ऐसी तो कुछ कहलाती कर है।, का है।, मतलब है, है जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकते हुए कांच के दूसरे पृष्ठ पे पड़ती है और जब कांच से वायु की तरफ जाने लगती है तो अविलंब से दूर हटते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है ये तो घटना प्रकाश का पर्तन कहलाता है परंतु अगर हम उसी प्रकाश किरण के सामने एक मिरर लगा दे एक दर्पण लगा दें तो बाहर निकलने वाली प्रकाश किरणें उसी माध्यम को उसी रास्ते को अपनाते हुए बाहर की तरफ इधर निकल जाती है यानी जिस मार्ग से वो प्रकाश किरण आ ही रहती है उसी मार्ग से वो प्रकाश किरण अपवर्तित होते हुए निकल जाती है यानी हम दूसरे शब्दों में बात करें यदि इधर आपतित किरण ओ है और अगर हम दरपण लगा दें तो ये जो निर्गत किरण B और आर मान लेते हैं जो निर्गत किरण आर यहां माने हैं। अच्छा, तो आपतित किरण किरण ओएम और और निर्गत बीटी बीटी जैसे ही ही हम लगाएंगे वैसे ही बीटी आपका आपतित किरण हो जाएगा और ओएम आपका निर्गत किरण हो जाएगा यानी कहने का मतलब है यदि आपतित किरण ओएम प्रकाश कांच के अंदर प्रवेश करता है और निर्गत किरण बीटी प्राप्त होता है यदि हम निर्गत किरण के सामने दर्पण लगा दें तो निर्गत किरण आपतित किरण आपतित की तरह व्यवहार करने लगता है और आपतित किरण निर्गत किरण निर्गत के आपत्ति व्यवहार करने लगता है प्रकाश की इस घटना को उत्कर्णयता कहते हैं आइए हम इसको व्यंजक के रूप में समझते हैं पहले हम निकालेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपरांग क्योंकि वायु से कांच में जा रहे फिर निकालेंगे का अगली बार क्या करेंगे प्यारे बच्चों कांच से वायु में कांच से वायु आइए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपर वायु को लिखते हैं हम एआर एआर मतलब ए को, को एन से व्यक्त करते हैं कांच को ग्लास यानी जी तो इसे हम ए एन जी भी कहेंगे ध्यान दीजिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपर ठीक बराबर हमने पढ़ा था साइन आई साइन आई बटे साइन आर ये है समीकरण नंबर एक पे जो ठीक अब दोबारा हम क्या निकालेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तना जब यहां से यहां की तरफ जा रहा है अब अगला क्या निकालेंगे कांच के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनाक वायु का अपवर्तनांक। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा एन जी के बजाय क्या हो जाएगा जी एन ए जी एन ए कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनाक इसके लिए क्या हो जाएगा अब प्यारे बच्चों अब अब होता है साइन आई परंतु I के स्थान पे अब ये वाला एंगल काम कर रहा है ये आपतन कोण हो साइन R तो R यहां लिख देंगे I के स्थान पे R हो जाएगा और जो आपतन कोण कोण था वो अपवर्तन का काम करने लगा है यहां साइन I हो जाएगा समीकरण नंबर दो हो गए ठीक समीकरण एक और दो का गुना कर देते हैं समीकरण एक गुण तो देखिए जैसे ही समीकरण एक का गुना करेंगे तो आएगा ए एन जी गुण जी एन ए इन दोनों पक्षों का गुना कीजिए अब इन दोनों पक्षों का करिए तो साइन i बटे साइन आर ये पोर्सन इंटू साइन आर बटे साइन आई अब आप देखिए ये इनसे ये इनसे ये इनसे मतलब एक आ गए तो हम लिख सकते हैं यहां पर एन जी बराबर सॉरी ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा अगर हम जी एन ए को इधर कर दें तो गुना में तो इधर जाएगा भाग में तो ए एन जी बराबर एक बटे जी एन ए आ जाएगा एक बटे क्या आ जाएगा जी एन ए तो ये चीज क्या बता रहा ये है ये चीज प्रकाश की उत्कृणीयता को ही तो व्यक्त कर रही है कि वायु के सापेक्ष कांच का कांच के सापेक्ष वायु के अपर्तनाक के व्युतक्रम के बराबर होता है एक बटे है ना तो व्यक्रम हो गया ना प्यारे बच्चों देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर कांच के सापेक्ष वायु के अपर्तनांक के व्युत्क्रम होता है यही है फार्मूले के रूप में प्यारे बच्चो बात करते हैं प्यारे बच्चों स्पेशल केस में यदि यदि माध्यम केवल यहाँ दो थे एक वायु और थे यदि माध्यम तीन हो जाए तो यदि माध्यम यदि माध्यम क्रमशः कितना हो तीन हो तीन यदि जो माध्यम है वो क्रमशः कितने हो तीन हो कौन कौन वायु जल और का तीन हो तो क्या होगा तो फार्मूला हो जाएगा पहले बच्चों अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा किसके सा जल का कांच के सापेक्ष निकालेंगे या किसका निकाल लेते हैं तो जल का कांच के सापेक्ष जल का कांच के सापेक्ष का व्यंजक हो जाएगा एन जी बटे हो जाएगा ए एन डब्लू यानी हम अगर तीन माध्यम लेंगे यदि प्रकाश किरणे तीन माध्यम से होगा गुजरेंगी तब के लिए का व्यंजन क्या हो जाएगा WNG मतलब जल का कांच के सापेक्ष का, का प्रकाश की उत्कृष्टता संबंधित टॉपिक आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आया होगा अब हम बात करते हैं आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं प्यार बच्चों हमारी नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है और यहां इस टॉपिक से आपके एग्जाम में चाहे हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले हो एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है प्यारे बच्चों तो आप ध्यान से देखिएगा अपवर्तनांक की सबसे पहले बात कर लेते हैं यदि हम अपर्तनाक की बात करें तो थोड़ी सी एक परिभा फार्मूला लिखना चाहते हैं आप उससे थोड़ा सा समझिएगा अपवर्तनांक की परिभाषा को तो अपवर्तनांक बराबर होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक चाहे जिसका माध्यम अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात निर्वात या वायु की बात कर ले निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो पूरे के बटे होती है द्यारे द्यारे ये क्या बता रहा अपर्तनांक बराबर है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपर्तनाक कहलाता है एक बार फिर से निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा अपवर्तनांक को प्यार बच्चों हम n से व्यक्त करते हैं निर्वात या वायु हो प्रकाश की चाल क्या होती है सी है और माध्यम में प्रकाश की चाल v मान लें तो जो व्यंजक हो जाता है वो हो जाता है यन इक्वल टू c जहा c प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में प्रकाश के लिए जा रही है अब हम कुछ और टॉपिक की चर्चा करते हैं अगले टॉपिक क्या है जैसे इसी से रिलेटेड है वो अगला अगर हम बात करें पहले बच्चों वायु के सापेक्ष किसका वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तना किसकी चर्चा करें वायु के सापेक्ष कांच का अपरतना चलिए अब ध्यान दीजिए वायु के कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक अब इसे हम कैसे लिखेंगे वायु वायु के सापेच, मतलब A -N -G. के मतलब कांच का का व्यंजक क्या होगा वो ध्यान दीजिए हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल किसमें वायु में, में प्रकाश की चाल सी बटे माध्यम में प्रकाश की चाल तो माध्यम कौन है जी है यानी ग्लास है तो वी जी यानी कांच में प्रकाश की चाल समीकरण नंबर एक बना लो भैया कोई दिक्कत किसी पर नहीं होना चाहिए अब हम क्या निकालते हैं? अगली पॉइंट वायु के सापेक्ष कांच निकाले थे अब निकालेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपर वायु के सापेक्ष जल का अपर जल का अपर चलिए वायु के सापेक्ष जल का अपर क्या हो जाएगा एन डब्ल्यू वायु के सापेक्ष जल का अपर क्या हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बटे हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल मतलब वीडब्ल्यू समीकरण नंबर दो बच्चों समीकरण एक और दो को हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं समीकरण एक बटे समीकरण दो तो को समीकरण एक से भागते हैं तो समीकरण दो बटे समीकरण एक ठीक अब समीकरण दो क्या है ये है ए एन डब्लू और समीकरण एक क्या है ए एन जी बराबर समीकरण दो क्या है सी अपानी डब्ल्यू पूरे के बटे सी अपान क्या है VG, ठीक अब C से C क्या हो जाएगा कैंसिल ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी बराबर वी जी ऊपर पहुंच गया और W नीचे रह ही गया तो वी डब्लू हो जाएगा तो वीजी बटे क्या हो जाएगा पहले वी डब्ल्यू ये आ गए अब आप यहां से एक फॉर्मूले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा इसे हम लिख सकते हैं G N W इसे हम क्या लिख सकते हैं G N W G N W यानी कांच का वायु के साप कांच का जल के सापेक्ष अपर्णांग कांच का जल के सापेक्ष अपनाक ये व्यंजक आपको प्राप्त इसको हम करें कांच का जल के सापेक्ष इस इस वाले से ये चीज लिखा गया इस प्रकार प्यारे बच्चों और, और प्रकाश की चाल में जो संबंध थे वो आपके पे फुल से आप इसका स्क्रीन ए हम लोगों ने अपर्तन पढ़ लिया अपोर्तन के नियम पढ़ लिए अपोर्तन और प्रकाश की चाल में क्या संबंध था वो पढ़ा प्रकाश की उत्कर्णीयता पढ़ा प्यारे बच्चों अब इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है अपवर्तन का उदाहरण अब व्यवहारिक जीवन में आपको अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहला होता है, में तारों का अब में तारे कैसे हैं वो बात आप ध्यान से देखिएगा नंबर का अगर प्रश्न पूछा रात्र में तारे क्यों टिमटी हैं अगर हम इनका जवाब देंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं तो भाई देखते हैं कि आसमान में हम मान लेते हैं कि एक समय के लिए केवल दो तारे हैं। परंतु दो तारे तो होते नहीं असंख्य तारे होते हैं तो हम मान लेते हैं जो हम लोगों का आसमान है यहां पर इसमें दो तारे हैं। अब ये तारे टिमटिमाते टिम कैसे है? आप सोचते हो लप लुप लप लुप कोई बटन है चालू बंद चालू बंद करता होगा इसीलिए लप लुप कर ऐसा कोई बात नहीं करे बच्चो ध्यान से देखिएगा अब आपको पता है ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये पृथ्वी पे आप खड़े हुए कोई एक चुनू सा इंसान हो गया अब आप भाई इसका नाम बताइए कि ये इंसान कौन सा है चलो अब फिर इसके बाद फिलहाल ऐसे करके मान लीजिएगा ये कोई ऐसे थी ना अब क्या होता है कि ये छत पे बैठी हुई थी और छत पे बैठकर जो है देख रहे थे कि तारे फैमिली के साथ है किसी के साथ भाई बैठा है लड़का है देखिए अब क्या है ये इस तारे को देख रहे हैं और ये छोटी सी थी और उसको याद आया तारीख क्यों टिमटिमाते हैं मम्मी से पूछा पापा से पूछा तो भाई से पूछा तो कुछ कुछ नहीं जवाब मिला उनको फिर उसके बाद बड़ी हुई पढ़ी लिखी तो पता चला तारीख क्यों टिमटिमाते हैं आइए हम समझ लेते हैं तारीख क्यों टिमटिमाते हैं फिर अब ध्यान दीजिए मैंने इससे पिछड़े वाली क्लास में चर्चा किया था कि जो वायुमंडल की विभिन्न पड़ते होती हैं उनका जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है हम यहाँ केवल चार परत बनाएंगे प्यारे बच्चों ये कोई दूसरा परत हो गया थोड़ा सा इस चित्र को भी मोक कर लेंगे बाद में बना रहे हैं और ये कोई तीसरी परत हम इधर ही दिखा दे रहे हैं ये और ये चौथी ध्यान से देखो ध्यान से देखना गाइस अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के समीप आते जाते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतें गर्म होती चली जाती है अर्थात जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं उधर की परतें जो कम गर्म होती हैं यानी और एक बात और जो जो कम गर्म होंगी वो विरल होंगी और जो अधिक गर्म होंगी वो आपकी क्या होंगी सघन माध्यम होगी यानी प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा अब जब यहां से निकलने वाली ये जो विभिन्न घनत्व की वायुमंडल है ध्यान देखिएगा प्यारे बच्चों विभिन्न विभिन्न घनत् तो वाले वायुमंडल अब ध्यान से देखो यहां क्या होता है जब तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है जब तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरती हुई हमारे आंखों तक पहुंचती हैं हमारे आंखों तक पहुंचती है इस इंसान के आंखों तक क्या होती है पहुंचती है ठीक अब क्या होता है जब ये प्रकाश किरणें यहां से प्रवेश की वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचती है तो जो प्रकाश किरणें होती है वो कई परतों से होकर गुजरी रहती है और लगातार वास्तव में टिमटिमाते नहीं लगातार प्रकाश का अपवर्तन होता है लगातार वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं यानी आपको ऐसा लगता है कि ये ये ये प्रकाश प्रकाश किरणें जैसे एक बात यहां से दो निकली और लगातार लगातार लगातार लगातार क्या होती गई बिचली गई बिचली गई बिचली गई बच्चों यह आपको तक दिखाई पड़ी फिर उसके बाद कुछ देर बाद वही प्रकाश किरण को हम समझाने के लिए दूसरी प्रकाशकि निकली ये जो है टिमटिमाते हुए ये जो है लगातार अपवर्तित होते हुए आपको जो है यहां से आते हुए दिखाई पड़ी यानी प्यारे बच्चों आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप किसी तारे को देखते हो तो तारे से जो आने वाला जो प्रकाश किरण होता है वो विभिन्न वायुमंडल की परतों से गुजरता है और लगातार उसका विचलन होता जाता है लगातार अपनी मार्ग से विचलित होता रहता लगातार विचलित होता रहा, रहा। जिसके कारण कभी प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाती है कभी प्रकाश की चाल कम हो जाती है कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा इसी को अब हम बात करते हैं पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत गहरा कम दिखाई पड़ता है आइए हम समझते हैं पहले आज आप लोग इसको जाके देखेगा कि जब बरसात की सीजन आती है तो जो तालाब आप लोग देखे रहते हैं जैसे आपके घरों आपके यहाँ की एक टैंक ले लीजिए बड़ा सा खूब बड़ा सा विशाल सा टैंक और इसमें जल खूब भर दिया जाए और इस टैंक में खाली भी कर दिया जाए एक टैंक ले लेते हैं यही सब और इस टैंक को खाली कर देते हैं तो जब इस खाली टैंक को आप देखते हो तो आपको वो टैंक काफी गहरा दिखाई पड़ता है परंतु भरे हुए ड्रम को देखो भरे हुए डिब्बे को देखा जाए तो डिब्बा अपे, इसके अपेक्षा में कम गहरा दिखाई पड़ता है उसका कारण होता है प्यारे बच्चों क्यों कम गहरा दिखाई पड़ता है क्यों जानते हैं जो सूर्य की आने वाली प्रकाश किरणें होती है तो प्रकाश किरणें जैसे जैसे जल में प्रवेश करती जाती हैं वैसे वैसे प्रकाश किरणों का चाल कम होता जाता है चाल कम होता जाता है और जिसके कारण जो प्रकाश किरणे होती है वो जल के या पृष्ठ के अंतिम लेक नहीं पहुंच पाती के अंतिम लेयर तक नहीं पहुंच पाती और उससे पहले ये ये ये जो जो जो जो जल जल है है है लौट आती है। जो आदमी देख रहा है, उसको दिखाई पड़ने लगता इसलिए प्यारे बच्चों ये जो, ये जो से भरा हुआ टैंक होता है वो इसकी तुलना में वो इसकी तुलना में कम गहरा दिखाई पड़ता है एक बार फिर से समझ लो यारो एक बार समझना बाकी दोबारा खुद आप समझाने लायक हो जाओगे देखो ये हो गए से प्रकाश किरणें जल के अंदर प्रवेश की अब जैसे जैसे जल के अंदर प्रवेश करती जाएंगी वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाएगी तो भैया जैसे जैसे ये अंदर गई वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम हुई और प्रकाश किरणे जल के अंतिम परत तक न पहुंच पाई यानी बर्तन के अंतिम पृष्ठ तक नहीं पहुंच पाई और उसी से पहले ये लौट आई और हमारे आंखों को संवेदित कर दी तो हमारे आंखों को लगा कि ये तो जो ये ड्रम है वो यहीं तक है परंतु ड्रम की तो गहराई यहां तक थी इसलिए जो है हम लोगों को जो भरा हुआ तालाब होता है चाहे भरा हुआ ड्रम हो कोई भी हो वो हमको कम गहरा दिखाई पड़ता है जिस कारण हम लोगों को लगता है कि प्रकाश जो तालाब है वो कम गहरा है प्यारे बच्चों ऐसा देख कर ऐसा सोचकर आप लोग ठंडी की सीजन चल रही है तालाब में कूदियेगा मत खास जब तैरने नहीं आता हो फिलहाल ठंडी के सत्र में यानी इस महीने में कहीं भी तालाब फूल रूप से भरे नहीं होंगे ठीक तो आप समझ गए होंगे बच्चों, अब हम समझते हैं जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना पहले बच्चों यही सेम सेम भी कारण होता है जब पेंसिल जो होती है जल में प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है कि जो पेंसिल होता है जल में मुड़ा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन के कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल का पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना वो कैसे होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग एक आकृति के माध्यम से क्या हो आकृति के माध्यम से समझने वाले हैं तो हम बात करते हैं जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना कैसे होता है प्यारे बच्चों उसके लिए हमने आकृति बना के रखा ये कोई आपकी पेंसिल है पेंसिल बहुत पतली है बहुत लोकल कंपनी की है इसीलिए बहुत पतली है ठीक अब क्या है कि जब ये जो पेंसिल है आप ऐसे समझिए पेंसिल आपने इसमें ऐसे करके डाल दिया जल में पेंसिल जो है द्रव में डाल दिया ठीक तिरछा करके द्रव में डाल दिए अब उसके बाद यह पेंसिल की नोक हो गई पी और ये हो गई आभासी नोक जिसे हम पी के दिखा रहे अब देखिए क्या होता है कि जब पेंसिल को जल में तिरछा प्रवेश कराते हैं जब पेंसिल को जल में तिरछा डाला जाता है तो पेंसिल के नोक से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, पेंसिल के नोक से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, वो जल से जब बाहर निकलने लगती हैं, या हम कह दें पेंसिल के नोक से आने वाली प्रकाश किरणें लगातार अपवर्तन के कारण लगातार अपवर्तन के कारण वो अभिलंब से, से क्या होती जाती है दूर हटती जाती है अभिलंब से क्या होती जाती है दूर हटती जाती है यानी आप समझिए ये जो प्रकाश किरणें हैं ये लगातार ऊपर की तरफ सब जाएंगी तो ये अभिलंब से दूर हटती हटती चली जाएंगी और उसके बाद जब आप इनको देखोगे जब आप इन आंखों को देखेंगे सॉरी इन इस, इस पेंसिल को नोक के आप जब देखेंगे ये प्रेक्षक जो है जब पेंसिल की नोक को देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहां से नहीं इस वाले बिंदु से नहीं बल्कि इस बिंदु से आई दिखाई पड़ रहा जिस कारण आपको पेंसिल दिखाई पड़ा। एक बार प्यारे बच्चों फिर से पेंसिल की नोक से निकलने वाली प्रकाश किरणें लगातार अपवर्तित होने कारण के कारण प्रेक्षक के आंख तक जब पहुंचती है लगातार अपवर्तित होते हुए प्रेक्षक के आंख तक जब पहुंचती है तो उसको क्या लगता है कि ये प्रकाश किरणे यहां से नहीं आते हुए यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है क्यों प्यारे बच्चों क्योंकि ये जल से बाहर की तरफ जब जा रही हैं तो ये लगातार अभिलंब से क्या होंगी दूर हटती जाएंगी दूर हटती चली जाएंगी जिस कारण प्रेक्षक को लगता है कि प्रकाश किरणे इस बिंदु से नहीं आ रही बल्कि इस बिंदु से आ रही है इसीलिए पेंसिल आपको तिरछा यानी मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता कभी कभी आप अपने अंगूठे अंगली को डालते होंगे तो यह हुई मुड़ा लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरांतरिक परावर्तन के साथ तब तक, तक के लिए वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए बच्चों थैंक यू ऑल डेयर स्टूडेंट जय हिंद जय भारत